हेलो दोस्तों तो दोस्तो भी जाना जाता था ये शहर दिल्ली से बत्तीस किलोमीटर दूर है और बेंगलोर की तरह ही ये एक आई टी हब है यहाँ पर कई बड़ी आई टी कंपनियों के ऑफिस है इसके साथ साथ यहाँ पर घूमने फिरने के भी कई जगह है जहाँ पर लोग छुट्टियों में घूमना और इन्जॉय करना पसंद करते हैं तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं गुरुग्राम के दस फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में इसमें पहले नंबर पर आता है किंगडम ऑफ ड्रीम्स किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसको केओडी के नाम से भी जाना जाता है किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में स्थित भारत की पहली लाइव एंटरटेनमेंट और थियेटर वाली जगह है यहाँ पर आप कई सांस्कृतिक नाटकों के मजे ले सकते हैं ये जगह आपको संस्कृति जीवन शैली और परंपराओं की एक यादगार यात्रा पर ले जाएगी यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है उसके बाद ही आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं इसके बाद अगले स्थान पर आता है दमदमा लेक दमदमा लेक गुरुग्राम से पच्चीस किलोमीटर दूर घूमने की एक अच्छी जगह है अगर आप गुरुग्राम में किसी शांत जगह की त्रास में है तो ये झील एकदम बेस्ट प्लेस है इस झील का निर्माण उन्नीस में अंग्रेजों द्वारा जल संचय के लिए किया गया था आज ये एक फेमस पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर 190 प्रकार के देसी विदेशी पक्षियों को देखा जा सकता है मॉनसून के दौरान यहाँ पर सबसे ज्यादा विदेशी पक्षी देखे जाते हैं इसके बाद अगले स्थान पर है शीतला माता मंदिर गुड़गांव से पैतीस किलोमीटर दूर शीतला माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर माता में श्रद्धा रखने वाले भक्तों की भारी भीड़ आती है यह माता का एक शक्तिपीठ है और यहाँ मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है इसके बाद अगले स्थान पर आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोस्तों गुड़गांव से 14 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी दिल्ली और आसपास के शहरों के लिए घूमने की बेस्ट प्लेस है ये जगह गुड़गांव का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है अगर आपको पक्षियों को देखने का शौक है तो उसके लिए ये जगह स्वर्ग है क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की ढाई से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है सर्दियों के दौरान यहाँ पर बहुत सी विदेशी पक्षियां भी नजर आती हैं इसके बाद अगले स्थान पर है अपू घर दोस्तों देश का पहला अपू घर उन्नीस में प्रगति मैदान के अंदर स्थापित किया गया था जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था इसके बाद 2008 में इसे बंद कर दिया गया और दो में हुडा सिटी सेंटर के पीछे इसको दोबारा खोल दिया गया है यहाँ पे खेलने की खाने की और शॉपिंग की उचित व्यवस्था है फैमिली के साथ घूमने के लिए ये एक अच्छी जगह है यहाँ पर जाने के लिए एंट्री टिकट लेना पड़ता है उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इसके बाद अगले स्थान पर आता है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क गुड़गांव से 21 किलोमीटर दूर एक शानदार पार्क है ये भी गुड़गांव के पास घूमने की एक अच्छी जगह में से एक है इस पार्क में पक्षियों और जानवरों की एक प्रजातियां और पौधों की एक से अधिक प्रजातियां पाई जाती है तो अगर गुड़गांव के आसपास ऐसी जगह पे आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं इसके बाद अगले स्थान पर है एम्बियंस मॉल दोस्तों एम्बियंस मॉल गुड़गांव का सबसे प्रसिद्ध मॉल है इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के लगभग सभी रिटेल स्टोर आपको देखने को मिल जाएंगे ये जगह शॉपिंग पसंद करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग है इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत से ऑप्शन मिलेंगे इसके बाद अगले स्थान पर आता है साइबर हब दोस्तों साइबर हब गुरुग्राम की एक शानदार जगह है जो कि अपने रेस्टोरेंट पब और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है दोस्तों यहां पर भारत की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के भी ऑफिस हैं ये गुरुगांव की एक बहुत महंगी जगह है यहां पर दोस्तों के साथ एक पूरा दिन बिताया जा सकता है ये जगह साइबर सिटी के ठीक बगल में ही है इसके बाद अगले स्थान पर आता है फारूकनगर फोर्ट गुरुग्राम से 22 किलोमीटर दूर फारूकनगर किला है जिसको 1732 में फौजदार खान द्वारा स्थापित किया गया था ये कस्बा अपने नमक के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें और भवन आज भी हैं यहाँ सीस महल जामा मस्जिद सेठानी की छतरी और कई हवेलियां हैं ये जगह गुड़गांव के पास ऐतिहासिक जगहों को देखने की एक अच्छी जगह है इसके बाद अगले स्थान पर आता है हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम भारत में भारतीय ट्रांसपोर्ट के इतिहास को देखने के लिए इस म्यूजियम की स्थापना की गई थी ये म्यूजियम ऑटोमोबाइल रेलवे एरोप्लेन इन सब के पुराने टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करता है पुरानी गाड़ियों में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए ये एक खास जगह है ये स्थान गुड़गांव से 30 किलोमीटर दूर है तो दोस्तों ये तो हैं गुड़गांव के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जहां पे सबसे ज़्यादा लोग घूमना पसंद करते हैं और अब बात करते हैं कि यहां पे घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है तो दोस्तों गुड़गांव में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए अगर आप यहाँ पर घूमने का प्लान बनाते हैं तो सितम्बर से लेकर नवम्बर तक और फरवरी से लेकर मार्च तक का महीना यहाँ घूमने के लिए बेस्ट है अगर आप सर्दियों में आएंगे तो उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर पड़ती है और गर्मियों में भी आते हैं तो बहुत भीषण गर्मी यहाँ की पड़ती है जिस कारण आप ज़्यादा स्थानों पर नहीं घूम पाएंगे आप बात करते हैं यहाँ तक पहुँचे कैसे तो दोस्तों दिल्ली के बेहद नज़दीक होने के कारण यहाँ आप बस ट्रेन और फ्लाइट तीनों ही साधनों से आसानी से पहुँच सकते हैं क्योंकि दिल्ली तक आपको तीनों ही साधन आसानी से मिल जाएंगे और दिल्ली से मात्र 32 किलोमीटर ही ये दूर है तो आप बड़े ही आसानी से टैक्सी ले या बस से यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं तो दोस्तों आज का हमारे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताना हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद जय हिंद